दिन रात मेहनत करने के बाद भी गला घूट घूट कर जीना खाने का वक्त तय नहीं और काम बहुत ज्यादा इज्जत कम और पैसे उससे भी कम माँ बाप का साथ नहीं किसी के कहे पे भरोसा हो जाए ऐसी किसी में भी बात नहीं ये बड़े शहर तेरा बहुत कर्जा है मुझ पर सब चुकाऊंगा बारी बारी से